आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि कंसुलेट मार्कशीट किस तरह की होती है और किन छात्रों की कंसुलेटेड मार्कशीट जारी कर दी गई है अब मैं यहाँ पर देखूँगा सेशन 2018 में जिन कैंडिडेट्स ने एडमिशंस लिया हुआ था और उनका रिज़ल्ट आ चुका था और उनकी अभी तक कंसुलेटेड मार्कशीट नहीं आई हुई थी दो वाले कैंडिडेट्स की भी कंसुलेटेड मार्कशीट आ चुकी है इसके बाद दो हज़ार वाले कैंडिडेट्स की भी मार्कशीट कंसुलेटेड मार्कशीट आ चुकी है अब हम देखेंगे कंसुलेटेड मार्कशीट और जो प्रोफाइल से मार्कशीट निकलती है उसमें क्या डिफरेंसेस है जैसे कि ये कंडीडेट्स है जो कि सेशन 2019 में इन्होंने एडमिशंस लिया हुआ था अब हम जानेंगे कि जो प्रोफाइल से मार्कशीट निकलती है उसमें क्या डिफरेंस है और जो कंसोलेटेड मार्कशीट है उसमें वह किस तरह की दिखती है सबसे पहले हम देखेंगे ये जो कैंडिडेट्स है ये 2019 हज़ार का छात्र है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है अब ये जो मार्कशीट इस कैंडिडेट्स की निकली हुई है ये फर्स्ट ईयर की है और इसके बाद में ये जो मार्क्सिट निकली हुई है ये कैंडिडेट्स की प्रोफाइल से निकली हुई है ये तो प्रोफाइल से जो निकली हुई है ये इस तरह की शो करती है स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स AITT conducted by DGT. अब हम देखेंगे ये फर्स्ट ईयर की है अब हम देखेंगे नेक्स्ट ये कैंडिडेट की सेकेंड ईयर की मार्कशीट है ये भी मार्कशीट आपको प्रोफाइल से ही मिलेगी जो कि निकलती है अब हम देखेंगे नेक्स्ट ये जो हमारी है कंसुलेटेड मार्कशीट जिसमें क्या लिखा हुआ कंसुलेटेड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ए आई टी टी एजें सन कौन सा है दो हजार उन्नीस आल ईयर सी डी एस एनुअल सिस्टम इंजीनियरिंग टेड ये जो आपकी कंसुलेटेड मार्कशीट है ये आपको आई टी आई संस्था के की की login, के द्वारा ही प्राप्त होगी जो कि आई टी आई की इंटरनल लॉग इन आई इस मार्कशीट को कैंडिडेट सेल्फ नहीं निकाल सकता है इसे आपको लेने के लिए अपने आईटीआई से संपर्क करना पड़ेगा जो कि आ चुकी है आप जाके कंसल्ट करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि यहां डेट आपको दिख रही होगी 25 मार्च 2022 को ये मार्कशीट डाउनलोड करी गई है कंसुलेटेड अब इसके बाद में ये जो कंसुलेटेड मार्कशीट है इसकी रिक्वायर कहाँ पर होती है मान लिया कि आपका कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपसे इसी मार्कशीट की रिक्वायर्ड करी जाती है कंसुलेटेड मार्कशीट इसी मार्कशीट की रिक्वायर्ड करी जाती है और इस मार्कशीट को आपको आई संस्था से लेना अनिवार्य है और एक बात और इस मार्क जिस समय आप आई संस्था से ये मार्कशीट प्राप्त करेंगे उस समय आप आई संस्था से इस्टैम और वहां की साइन जरूर करवा लें तभी ये वैलिड होगी क्योंकि जब आप किसी जगह पे जाएंगे जॉब के लिए तो वहां पे जब तक आई टी संस्था की मोहर नहीं लगी होगी तब तक उसे वैलिड नहीं माना जाता है इसी कंसिलेटेड मार्कशीट के बारे में हम यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं आपको कि इसी तरीके दो हजार उन्नीस के बच्चों की मार्कशीट आ गई जिन्होंने दो में एडमिशन लिया हुआ था अब हम देखेंगे सर्टिफिकेट के बारे में ये जो है आपकी सर्टिफिकेट ये भी आपकी प्रोफाइल्स पे मिल जाती है सिर्फ आपको कंसुलेटेड मार्कशीट के लिए आपको अपनी आई संस्था से संपर्क करना पड़ेगा अब हम देखेंगे नेक्स्ट ये कैंडिडेट वन ईयर ट्रेड का है इन्होंने 2020 में एडमिशंस लिया हुआ था इनकी जो ये सिंगल मार्कशीट निकली हुई ये प्रोफाइल से निकली हुई है अब इनकी भी कंसुलेटेड मार्कशीट हम देखेंगे किस तरीके की होती है ये देखिए ये जो कैंडिडेट्स से इनकी कंसुलेटेड मार्क्सिट आपके सामने यहाँ दिख रही है जो कि 23 मार्च को डाउनलोड करी गई है ये है कंसुलेटेड मार्कशीट आइए जो सर्टिफिकेट्स से इसी तरीके से ये कैंडिडेट का सर्टिफिकेट है जो कि प्रोफाइल से निकलता है इसे कैंडिडेट निकाल सकता है लेकिन कंसुलेटेड मार्कशीट कैंडिडेट अपनी आई संस्था से ही प्राप्त करेगा अब ये देखिए 2018 सेशन का कैंडिडेट से जिसकी कंसुलेटेड मार्क्सिट आपको यहाँ सामने दिख रही है इस तरीके की ये कंसुलेटेड मार्कशीट होती है जो कि आपको आई संस्था से प्राप्त होगी और ये सेशन 2017 की मार्कशीट है ये भी कंसुलेटेड है 2017 में सेमेस्टर वाइज चलता था फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों सेमेस्टर की एक को एक ही साथ कंबाइंड मार्कशीट है ये कंसुलेटेड मार्कशीट है अब हम देखेंगे जो अभी इस समय प्रॉब्लम आ रही है सत्र 2019 के छात्रों की जो अभी कंसुलेटेड मार्क्सिट डाउनलोड हो रही है उसमें ये 1450 जो मार्क्स आ रहा है यहाँ पे 1400 होना चाहिए जो मिस्टेक क्या है ये फॉर्मेटिव असाइनमेंट जो फर्स्ट ईयर 200 का है सेकेंड ईयर भी 200 का होना चाहिए इसी कारण से ये यहाँ पे साढ़े चार कर रहा है यहाँ पे ये यह चार होना चाहिए और यहाँ पे यहाँ पे सात होना चाहिए ये जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं से 2019 के छात्रों में आई हुई है ये एन की तरफ से आई हुई है ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सही हो जाएगी जो कि ऑटो अपडेट हो जाएगी इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है हाँ ये हो सकता है अपनी आई संस्था जाइए अगर वे आपको दे रहे हैं मार्कशीट तो आपको वहां देखना है कि 1450 उसमें लिखा हुआ है कि 1400 अगर 1400 लिखा हुआ है तो आपकी मार्कशीट सही है अगर 1450 लिखा हुआ है तो आप उस मार्कशीट को एक्सेप्ट मत करिएगा जब सही आ जाए तब आप एक्सेप्ट करिएगा इस तरीके से ये आपको आज हमने कंसुलेटेड मार्कशीट के बारे में बताया कि आपको ये कहाँ से प्राप्त होगी और किस तरह की होती है कंसुलेटेड मार्कशीट